हेलो दोस्तों मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट ऑटोमेशन तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैब्लू के बारे में तो मेरे पास टैब्लू का यहाँ पे लाइसेंस वर्जन है लेकिन आप लोगों के पास ये लाइसेंस वर्जन न होगा क्योंकि टैब्लू जो है वो आपको चौदह दिन की ट्रायल पर मिलता है या फिर आपको टैबलुट पब्लिक लेना पड़ेगा या फिर आपको टैबलुट का स्टूडेंट वर्जन लेना पड़ेगा स्टूडेंट वर्जन लेने के लिए आपके पास कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी स्कूल का किसी भी कॉलेज का डेप्यूटेड कॉलेज स्कूल का आपको होना चाहिए आई कार्ड तो उससे आप ले सकते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सल से डेटा लिंक कर रहा हूं मेरे पास एक डेस्कटॉप पे डेटा वन है हमने इसको ओपन किया तो डेटा कनेक्ट हो गया तो शीट वन उठाया और यहां पर ड्रैक कर दिया ड्रैक करते ही उसके अंदर जितने भी डेटा है सारे डेटा यहां पर आ गए यहाँ पे सारे फील्ड सा आ गए हमारे और यहां पर हमारे डेटा आ गए और डेटा आ गया यहां पे आपका डेटा आ गया मुझे इस डेटा के ऊपर रिपोर्ट्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे देखिए तो पावर टैब्लू तै, पावर बी आई की तरफ नहीं होता है क्योंकि पावर बी में क्या है कि एक ही सीट के ऊपर आप जो है कई तरह के विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं पर टैब्लू में क्या होता है कि एक भी सीट पे आपको एक ही, ही विजुलाइजेशन मिलेगा जैसे कि मान लीजिए मुझे नेम बाइज क्वान्टिटी का विजुलाइजेशन चाहिए तो हमने मान लीजिए कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया लेक्ट करने के बाद अभी इस तरह से बार में आया बट कॉलम में चाहिए तो बोले मैं कॉलम कर देता हूं तो कॉलम में देखिए यहां पे क्या है कि स्टैक है तो स्टैक में आपका चला जाएगा तो इसको इसी को हम सिलेक्ट करके यहां से स्विच कर देते स्विच कर दिया तो देखिए आपके सामने आ गया अब इसने मुझे दिखाना है कि किस सिटी में कितनी शेल हुई है सिटी का भी मुझे यहां पर देना है तो सिटी को उठाइए और मैंने इसको कलर में रख दिया तो जो सिटी में हुआ है उस सिटी का एक कलर आपके सामने आ गया तो ये आपकी एक विजुअलाइजेशन तैयार हो गई जी हाँ एक विजुलाइजेशन जो है ये आपका तैयार हो गया अब राइट क्लिक करके इसमें एक्सप्लेन डेटा और बहुत सारी चीज इसपे है आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन डेटा में यहाँ देखिए एक्सप्लेन डेटा आ गया जयपुर अमर जिसको क्लिक करोगे उसका यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसका आ जाएगा तो एक्सप्लेन डेटा आप यहाँ पे ले क्लिक किया हट गया यहां से क्लोज कर सकते हैं हटेगा तो एक हमारा बन गया उसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे दूसरे के लिए मुझे यहाँ पे एरिया वाइज क्वांटिटी का टोटल चाहिए यहाँ शोमी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ वेजलाइजेशन आ जाएगा तो मुझे इसको जो है थोड़ा सा एक पे चाहिए। अब एक चार छोटा दिख रहा है बहुत तो मैंने यहां से स्टैंडर्ड के जगह पे क्या किया हमने इसको एंटायर शीट कर लिया थोड़ा सा बराबर गया अब इसमें हेडिंग भी होता है सीट वन है अब सीट वन के जगह पे हम यहां लिख सकते हैं सेल्स बाय सेल्स ऑफिसर तो ऊपर को लिखा हुआ आएगा इसी मैं लिखता हूं सीट वन में मैं यहां पर देता हूं सेल्स एरिया इसके ऊपर फॉर्मेटिंग्स आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं मार्क के लेबल और बहुत सारे लाइन इसमें तो होगा नहीं और ये ये चीजें आप यहां से बहुत सारे शेड्स होते हैं क्लिक कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये चीजें डिटेल में जब पढ़ेंगे तब होगा आपके सामने उसके बाद सिटी बाइज में क्वांटिटी का मैप चार्ट चाहता हूं क्लिक किया मैंने मैप चार्ट पे और मैप चार्ट के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो आता है इसका ध्यान रखिएगा अब मैप चार्ट पे मैंने मेन दिया कलर में तो कलर के हिसाब से जिस सिटी में जो सेल हुआ उसका कलर के हिसाब से अलग अलग कलर हो गया तो। और यहाँ आप दे दीजिए सेल्स और हमने किया. अब यहाँ पे मैं एक और चाहता हूँ मैं इसमें चाहता हूं हमारा डेट के हिसाब से क्वांटिटी uh, का लाइन हो तो यहाँ पे हम लाइन शार्ट में क्लिक किया या क्लिक कर आ गया अब ये, ये आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो आपका क्वार्टरली आ गया इस पर क्लिक करा आपका मंथली आ जाएगा तो जिस तरह से आप देखना चाहिए उस तरह से आपको ये इस तरह से दिखेगा अब एंड लास्ट मुझे तो मैं अलग अलग विजलाइजेशन तैयार कर लिया अब मुझे क्या चाहिए इसका डैशबोर्ड तैयार करना है ठीक है प्ला प्लस न्यू वर्कशीट उसी में देखिए आपका आगा न्यू डैशबोर्ड अब डैशबोर्ड में क्लिक किए जितने भी शीट आपने बनाए थे उसका लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है उससे पहले आपको लेकिन लेसा ले आउट, ले आउट, ले आउट, ले आउट चूज करना पड़ेगा या डैशबोर्ड में भी आपको यहाँ भी आपको दिख जाएगा कि इसका ले क्या होना चाहिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं अब यहाँ पे दिख रहा है फोन एंड लेआउट न्यू डैशबोर्ड को चेक कर दीजिए यहां से एक चाहिए, मैंने ब्लैंक लेआउट चाहिए मुझे फ्लोटिंग चाहिए तो फ्लोटिंग आएगा टाइल सीधे टाइल आएगा मतलब कि इसमें आ जाएगा शो डैशबोर्ड टाइटल टाइटल यहाँ पे शो कर सकते हैं हम यहाँ पे दिख देता हूँ टाइटल में डैश 2021 तो थाउजल हमारा आ गया। उसके बाद यहां आपको आपका ऑब्जेक्ट कैसा है यहां पर दिख रहा है टाइल है है और यहां से होता है हमारा साइज कि कैसा आपका साइज होना चाहिए तो मैंने यहां पे जर्नली डैशबोर्ड या फुल स्क्रीन पे क्लिक किया ये आपका फुल स्क्रीन वाला विंडो आ गया किस का? डिवाइस पी पे क्लिक करेंगे तो डिवाइस यहां, यहां पे आएगा डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पे जगह पे हमने यहां पे डेस्कटॉप दे दिया तो डेस्कटॉप का यहां पे लेआउट आ गया यहां पे आपका सौ 1210 बारह जो भी आप देना चाहते तो उसका उस पैटर्न में आपको यहां पे शो कर जाएगा जो भी आपका लेआउट चाहिए पीव्यू के लिए अब यहाँ पे वर्टिकल होल्जेप्टल चाहिए मैंने पे पे पे भी और मुझे एक-एक करके इसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आ इसके बगल में डाल दिया ये जो है दिख रहा है इसको मैं यहाँ से हटा देते उसके बाद हमने इसको मैप को यहाँ नीचे डाला और हमने वापस जो हमारा ये आ रहा है सीट फोर नहीं को आ रहा है। और ये जो में बहुत सारे आ रहा है क्वान्टिटी वगैरह वो रखना है तो ठीक है नहीं रखना है तो एक एक करके सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से हटाइए हटा हटाते क्या होगा कि आपका ये बड़ा हो जाएगा ठीक है अभी आपका डैशबोर्ड प्रिपेयर हो गया अब इस डैशबोर्ड को आपको सेव करके कर देना है अब इस डैशबोर्ड को भेजेंगे कैसे तो इसको आप एक तो सेव कर लीजिए सेव, या, सेव लिए, में, या इसको आप जो है वर्कबुक आप, का जो पैकेज है एक्सपोर्ट पैकेज वर्कबुक उसमें कर हैं उसके लिए टैबलू होना चाहिए जिसमें भेजेंगे उसके पास टैबलू होना चाहिए तभी हो पाएगा अदरवाइज नहीं उसके बाद इसको अगर आप मैं कर देता हूं शेयर तो ये हमारे टैब्लू के सर्वर पे शेयर हो जाएगा जहां से आप हर किसी को भेज सकते हैं टैब्लू ऑनलाइन पे। लेकिन फिर उसके लिए आपको टैब्लू ऑनलाइन में आपको साइन इन करना पड़ेगा आप साइन इन करेंगे तभी हो पाएगा जैसे मैं यहाँ पे आईपीटी दिल्ली वन टू थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मेरा आई डी है पासपर्ड जो हम यहाँ जुम्मन भी कर देता हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है मुझे चेक करना पड़ेगा इसको तो इसलिए मैं शाइनिंग नहीं हो रहा है एक है लग रहा है एक बार साइन इन करूंगा तो इसको बेब पे भेजेंगे बेब से इसको कर सकते हैं फिलहाल मैं आपको इसको जो है एक्सपोर्ट इन पावर पॉइंट में हम कर देते हैं के आपका पावर में रिपोर्ट हो गया और आप जो है डॉक्यूमेंट भेजा के बुक वन नाम का एक पावर पॉइंट यहां पर बन गया होगा इसको डबल क्लिक कीजिए ये रहा आपका रिपोर्ट बना होगा लेकिन इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है जैसा है उसी तरह का रिपोर्ट है तो टैब्रू के लिए आप को तो किसी को टैब्रू रिपोर्ट बनाते तो फिर किसी को टैब्रू होना जरूरी है अगर टैब्रू में नहीं है तो फिर मुश्किल है इसी तरह से टैबलेट की कंपनी क्लासेस के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आईपीटी इंडिया डॉट पर या मुझे कॉल कर सकते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो की में है वीडियो क्लासेज चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में मैंने सारे डिटेल्स डाले थैंक यू